समझा दिया है। आ, सब कुछ बता दिया मेरे बारे में सब बता दिया सब कुछ क्लियर। मुझे मिक्सर चाहिए मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता ग्राइंडर चाहिए आटा नहीं गोद सकता गैस चाहिए चूल्हा नहीं जला सकता वॉशिंग मशीन चाहिए कपड़े नहीं धो सकते डिश चाहिए बर्तन धोना नहीं आता और बड़ा फ्रीज चाहिए क्यूँकी रोज खाना नहीं बना सकते हाँ दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बनेगा और डे नाइट मैच होगा होटल से खाना मंगा लेते ठीक है और मार्केट में शॉपिंग करने के लिए मैं जाऊँगा और कोई मुझे हिसाब के बारे में नहीं पूछा ठीक है जी सेठ जी और कुछ चीजें